कृष्णा हमारी बहन कृष्णा की उम्र क्या है अट्ठाईस साल अब कहा है तुम्हारी बहन आप बताए छह महीनों ऐसी सर इस छोरी का केस और कृष्णा का केस डिट्टो एक जैसा लग रहा है पाँच नंबर और जिनमें सेम पैटर्न सारे के सारे नंबर छोरियों के नाम सारी छोरियों के गायब होने के हालात एक जैसे लाइफ में आदमी एक जैसा और दहेश की कहानी एक जैसी केस right दो महीने पड़े अभी तक कोई नहीं आया पूछने आदमी आदमी ने ने इन चोरियों को को उसी ने इनको जहर खाने राजी किया तुम्हारा मतलब है है कि ये सब अकेले एक का काम है। हमें कभी भी बुरे कर्म नहीं करना चाहिए भगवान सब देख रहा है उम्र पैतीस ऐसी चालीस साल के बीच सारीशुदा आदमी एक बच्चे का बाप ये प्रोफाइल तो मेरे तो पे भी फिट बैठती है 참말이고도 야는 페로띠 바로 믿을 수 없네 और भैया कोई शक करने की वजह तो हो कॉलेज में प्रोफेसर घर परिवार वाला आदमी चार डंग की बात सिखावे तो क्या भारत रत्न दे दे उसको तो बोल कर लो कि आते का मर्डर कौन किया मैं बमारई सोन खाता हूं पेड़ में से किसी को नहीं जानता इस पर इसको मैं बताना तो तो तिवारी का भला नहीं होगा सीधे सीधे बता दिया ये आउ जेबों अभी तो शुरू है। जो मारूंगी लौटता फिरेगा। से। है 5